अलमेकम दोस्तों आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि अपने घर की बिजली के बिल अपने मोबाइल्स में कैसे निकालें तो आइए शुरुआत करते हैं बिना कोई बात की सबसे पहले आपको अपने गूगल देन आपको वहाँ पर ऊर्जा मित्रा सर्च कर लेना है यू आर जे ए स्पेस मित्रा बस उसके बाद ऊर्जा मित्रा पर टैप कर दीजिएगा देन आपको पहली वाला जो वेबसाइट दिखा रहा है उस पर क्लिक कर देना ठीक है।, है मैंने क्लिक किया देखिए ये आपका एक साइट जो जेनविन साइट है वो आपका खुल गया देख सकते हो झारखंड ये सिर्फ झारखंड वासियों के लिए है ठीक है यहाँ पर लिखा उठ रहा देखिए सर्च बिल बाय है ना तो वहाँ पर टैप कीजिएगा देन आप यहाँ पर दो प्रकार से सर्च कर सकते हो अपने कंज्यूमर नंबर डाल कर सर्च कर सकते हो और अपना बिल नंबर डालकर सर्च कर सकते हो ज़्यादातर लोगों का कंज्यूमर नंबर ही याद रहता है तो मैंने कंज्यूमर नंबर पर टैप किया उसके बाद सेकंड नंबर पर दिख रहा है आपको इनपुट कंज्यूमर नंबर आपको अपने घर की बिजली घर की मीटर की नंबर डाल देना है जो कंज्यूमर नंबर है अगर आप अपने घर के डालना चाहते हैं तो अपने घर का बिल निकलेगा अगर अपना दोस्त का या फिर परिवार का घर का नंबर डालोगे तो उसका घर का बिल निकलेगा ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस घर का बिल निकालना चाहोगे तो मैं अभी अपना घर का बिल निकालूँगा तो जैसे कि यहाँ पर कैपिटल लेटर कर देना है तो मेरा बिल नंबर ये कंज्यूमर नंबर है एम मैंने अपना कंज्यूमर नंबर सर डाल दिया उसके बाद नीचे थर्ड नंबर पर ऑप्शन आप है आपका प्लीज़ सेलेक्ट यहाँ पर आपका सेलेक्ट करना है कौन सा देश कौन सा गाँव से हो तो आपको यहाँ पर ऊपर क्लिक करके होगा जैसे कि मेरा मेरा है तो मैंने अपना लोकेशन यहाँ पर क्लिक कर दिया ठीक है आपको अपने हिसाब से किसी से पूछ के कर लेना होगा कि आपका कौन सा क्षेत्र में है ठीक है ना मेरा जैसे कि निर्सा टू में है ठीक है सबमिट पर क्लिक कर देना तो दिन आपका बिल ओपन हो जाएगा दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका है बिल निकालने का ऐसा अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अच्छा अच्छा वीडियो महत्वपूर्ण तो वीडियो आप लोगों के लिए दे सकूँ ठीक है ना तो देख सकते हो यहाँ पर आपका कंज्यूमर नंबर दिख रहा है कंज्यूमर नेम जिसके नाम पर है उसके बाद सब दिखा दे है सब डिविज़न मतलब जहाँ से क्षेत्र है ठीक है ना मोबाइल नंबर भी दिया आप यहाँ पर देख सकते हो मंथ वाइज बिल डेटिंग ठीक है ना सीरियल नंबर में ये सारा मंथ का है ये जैसे कि बिल यशू डेट है उसके बाद बिल नंबर है उसके बाद बिल मंथ टोटल एसीमेंट टोटल एरियाज, नेट डिमांड व्यू आप जैसे कि मेरा पहले वाला जो देख रहे हो बिल मंथ में देखिए पाँच मंथ का है ये वो ये काफ़ी ज़्यादा दिनों से पेमेंट नहीं किया है इसीलिए ज़्यादा बाकी है इसका ठीक है ना तो यहाँ पर बिल इशू डेट देख सकते हो आप छः दस तारीख छः माह मतलब आज मैं बना रहा हूँ ग्यारह तारीख को तो कल तक का मेरा बिल पूरा यहाँ तक है मतलब 10 तारीख 6 मंथ मतलब टेंथ जून ठीक है ना टेंथ जून तक मेरा बकाया पैसा अभी है नेट पे नेट डिमांड में देख सकते हो सात रुपया उसके बाद आप यहां पर जाकर व्यू में भी क्लिक करके देख सकते हो ठीक है ना दोस्त दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका है आप अगर इससे बिल पेमेंट भी कर सकते हो ठीक है ना तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ठीक है ना दोस्तों अगर सब्सक्राइब करोगे तो मेरा मन भी लगा रहेगा ऐसा आपको महत्वपूर्ण तो वीडियो देने के लिए ठीक है ना उसके बाद देख सकते हो आप यहाँ पर यह कुछ नहीं देखना आपको या हम आपको जूम करके दिखा देंगे तो यहाँ पर देख सकते हो नेट डिमांड है न ब्लू कलर का वहाँ पर आपको थोड़ा जूम कर लेना मेरा मोबाइल इसीलिए आप डेस्कटॉप में भी सर्च कर सकते हो यहाँ पर देख सकते हो नेट डिमांड है सात हज़ार तीन सौ इकतालीस रुपया ड्यू डेट है आपका सात तारी एक तारीख सात माह मतलब जुलाई तक ठीक है ना एक तारीख सात माह तक ड्यू डेट है इसके भीतर आपको पेमेंट देना होगा वरना आपको कुछ चार्ज लगेगा जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया हुआ है तो ये काफ़ी दिनों से बिल नहीं दिया है कोई समस्या होगा घर में इसीलिए ठीक है न और आप यहाँ से बिल आसानी तरीके से देख सकते हो देखिए यहाँ पर बिल दिखा रहा डेट दिखा रहा अब मैंने नीचे में देख सकते हो लास्ट पेमेंट डिटेल्स यहाँ पर मैंने लास्ट पेमेंट किया था एक हज़ार रुपया जो कि तेईस तारीख फरवरी महीना में ठीक है ना यहाँ पर रेसिप नंबर भी दिया हुआ है और दोस्तों आप या ऊपर कर दोगे एकदम ऊपर स्लाइड तो नीचे में देख सकते हो प्रिंट बिल आप बिल का प्रिंट भी कर सकते हो या फिर यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो जैसे कि मैं आपको बिल को डाउनलोड करने के लिए दिखा रहा हूँ तो प्रिंट बिल पर क्लिक कर देना ठीक है ना? अगर आपका मोबाइल है तो यहाँ पर आपको सेव एज़ पी में क्लिक कर देना यहाँ पर टैप कीजिएगा सेव एज़ पी में क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ पर पीडीएफ पर टैप कर दीजिएगा देन आपको ये साइट अपना फाइल में डाउनलोड होने के लिए पूछा देखिए ऊर्जा मित्रा एप्लीकेशन बोल के नाम हो गया सेव कर दीजिएगा देन आपका ये फाइल अपलोड हो गया दे। देखिए मेरा कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए नहीं हो पा रहा देखिए हो गया मेरा सक्सेसफुल हो गया ठीक है ना मेरा ये फाइल डाउनलोड हो चुका है अब मैं अपना मोबाइल में भी इस किसी को शेयर भी कर सकता हूँ और दोस्तों यहाँ से आप ऑनलाइन बिल पेमेंट कैसे कर सकते हो ये दूसरा नंबर पर जो है आपका लास्ट में ऑनलाइन पेमेंट वहाँ पर टैप कीजिएगा देन आप यहाँ पर थोड़ा जूम कर दीजिएगा देखिएगा यहाँ पर मैंने कितना बकाया सात हज़ार रुपया नहीं पर आपको ऑप्शन आ रहा है पे नाव ठीक है ना पे नाव पर क्लिक कीजिएगा देन आप यहाँ से देखिए जैसे बिल पेमेंट कोई भी बिल पेमेंट जहाँ से जहाँ से आता है वैसे कर सकते हो यहाँ पर बहुत तरह का ऑप्शन दिया हुआ है कार्ड से पेमेंट कर सकते हो बैंक द्वारा कर सकते हो कैश विथड्रॉल यूपीआई वगैरह जो कि आपके पास है कर सकते हो यहाँ क्रेडिट कार्ड पे क्लिक डेबिट कार्ड से कर सकते हो ठीक है ना ऐसे ऐसा मेरा ये नहीं है इसीलिए मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा था इसलिए मैं अभी बिल पेमेंट नहीं करना चाहता आप यहाँ से सर्च करके देख सकते हो कौन सा कार्ड है आपका अगर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड करोगे तो भीज़ा का होगा वहाँ पर लिखा रहता है कार्ड में ठीक है ना वीज़ा कार्ड होगा तो वीज़ा लिखा रहेगा उसी उसी पर का इतना सारा कार्ड रहा है जो भी कार्ड आपके पास है वहाँ पर सेलेक्ट करके आप अपना कार्ड नंबर डाल के डाल सकते हो उसके बाद दिए गए मोबाइल नंबर लिंक होगा जिस बैंक में वहाँ पर ओ जाएगा उस ओ को वेरीफाई भे कर दीजिएगा देन आपका यहाँ से पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा आप एक दो दिन के अंदर ये आपका बिल पेमेंट क्लियर हो जाएगा क्लियर तो यही पर हो जाएगा तुरंत मगर जो सरकार के खाते में नाम चढ़ते चढ़ते एक दो दिन का वक्त लगता है ठीक है ना तो ये आपका फुल प्रोसेस बिल कैसे निकाला जाता है बिल कैसे दिखा जाता है बिल कैसे डाउनलोड किया जाता है और बिल कैसे आप पेमेंट कर सकते हो ठीक है ना दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद शुक्रिया